चल अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। किसान बिरादरी है किसान में जातियाँ होती हैं बंटवारे भी बहुत हैं हमारे अंदर की कमजोरियाँ बहुत हैं लेकिन जब कोई संकट आता है कम से कम हम इकट्ठा हो जाते हैं एम करने के बाद महंगी डिग्रीज़ लेने के बाद जब कोई चपरासी सरकारी चपरासी बनने को लंबी कतार में खड़ा हो जाता है नौजवान दर्द होता है दो में निजी आयोग की रिपोर्ट आती है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं इस देश की सबसे ख़राब हैं। पिताजी का भी निधन कोरोना में हुआ है तो मैं कैसे भुला दूँ और जिस परिवार ने कुछ खोया है वो कैसे भुला दें पब्लिक तो फिर वोट कैसे देगी उन मुद्दों पर जब मुद्दे बना ही नहीं रहे हम लोग तो मैं ये कह रहा हूँ मैं कैंडिडेट बाद में दूँगा मैं चुनाव का प्रचार बाद में करूँगा मैं पहले अपने मुद्दे बताना चाहता हूँ मैं शायद पहला राजनीतिक व्यक्ति हूँ जो ये कह चुका है कि हम कोई भी महिला के विरुद्ध कोई अपराध संगीन अपराध में इल्जाम भी लगा हो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है आज हमारे साथ हाल ही में बने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्र अध्यक्ष श्री जैन चौधरी जी हैं जैन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सी में धन्यवाद जैन जी आज जब ये इंटरव्यू हो रहा है तो हम शायद आज़ाद भारत का सबसे बड़ा एक किसान आंदोलन देख रहे हैं दिल्ली की सरहदों में जो हो रहा है वो कहीं एक रूप में बिल्कुल ऐतिहासिक है इस तरह का एक आंदोलन शायद इसके सबसे करीब कुछ आता है तो जो बोट क्लब का आंदोलन उन्नीस में हुआ था और इसमें पंजाब हरियाणा राजस्थान के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश भी एक बहुत मुख्य भूमिका निभा रहा है आपको क्या लगता है कि इसका पश्चिम उत्तर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने में गन्ना किसानों के, के मुद्दों पर कितना असर पड़ेगा यहाँ के राजनैतिक मुद्दों पर कितना असर पड़ेगा खास करके क्योंकि आज ये इंटरव्यू हम एक ऐसे वक्त पर ले रहे हैं जब तीन साल लगातार गन्नों का दाम नहीं बढ़ा है एसएपी गन्ने का नहीं बढ़ा है तीन साल से दाम लगभग स्थगित है तो आपको क्या लग रहा है कि इसका क्या असर रहेगा पश्चिम यूपी में जो गन्ने का उत्पादन क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वहाँ काफ़ी समय से किसानों में उबाल है भुगतान चौदह दिन में होना चाहिए कानून ये कहता है बीजेपी जब विपक्ष में थी तो चिल्ला चिल्ला के कहती थी उन्होंने वादा किया खुद नरेंद्र मोदी साहब जो प्रधानमंत्री हैं जब विधानसभा के चुनाव में प्रचार करने आए तो उन्होंने गन्ने को लेकर इस फसल को लेकर और खेती करने वाले किसानों की जीविका में सुधार लाने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे यहाँ तक भी कहा था कि बिजनौर की एक सभा में मुझे ध्यान है कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम से एक नई योजना बनाई जाएगी किसान के वेलफेयर के लिए सुधार लाने के लिए तो सब हुआ नहीं है दस हज़ार करोड़ का बकाया है चौदह दिन में तो पेमेंट भूल जाइए डेढ़ डेढ़ साल तक आ, लटका हुआ है भुगतान ब्याज जो किसान का हक है बार बार कोर्ट में जाना पड़ता है संगठनों को लड़ाई लड़नी पड़ती है तो आ, कानून तो स्पष्ट है सरकार के पास तमाम हथियार होते हैं प्राइवेट सेक्टर पर दबाव भी सरकार चाहे तो बना सकती है लेकिन कोई उनकी मनसा साफ नज़र नहीं आई तो इस कारण से नाराज़गियाँ पनप रही हैं समय समय पर आंदोलन होते आए हैं और इस बीच में जब किसानों को ये लगने लगा कि के केंद्र सरकार अब उनके सीधा एक तरह से अपमान कर रही है हमारे यहाँ मंडी व्यवस्था कमज़ोर है लेकिन फिर भी धान की गेहूं की बहुत बड़ी पैदावार होती है और गन्ने के साथ साथ गेहूं की पैदावार भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस गन्ना उत्पादन क्षेत्र में होती है तो जानते हैं आज एक विधायक हैं बुलंदशहर के भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने चिट्ठी लिखी है सरकार को और कहा कि 20 बीस, बीस दिन तक तुलाई के लिए क्रय केंद्रों पर किसानों को बैठे रहना पड़ता है कहीं कोई सरकारी व्यवस्था गेहूँ खरीद की उन्हें दिखाई नहीं दी ठीक है बाद में उनको उन पर कोई दबाव आया होगा उन्होंने रिट्रैक्ट कर लिया अपना बयान लेकिन ये असलियत है ये व्यवहारिक बात है तो मंडी व्यवस्था कमज़ोर है हमारे यहाँ सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए था उसको दुरुस्त करना चाहिए था और हमारे यहाँ के किसान अक्सर हरियाणा जाते हैं मथुरा के किसान भी जाते हैं पलवल होडल मंडियों पर जाते हैं और इस बेल्ट में आप जाएँगे तो लगातार वो हरियाणा जाके बेचते आएँ तो उन्हें मालूम है कि हरियाणा पंजाब में जिस तरह से मंडी व्यवस्थाएं विकसित हुई हैं और उससे जो किसानों को लाभ मिला तो पश्चिमी यूपी का किसान भी ये देख रहा था उन्हें महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं जो कानून केंद्र सरकार इस तरह से जल्दबाजी में लाई है ज़बरदस्ती उन्हें लागू करना चाहती है हरियाणा और पंजाब के किसानों ने जब पहल ली उत्तराखंड के किसान भी यहाँ दिल्ली गाज़ियाबाद तक पहुँचे उत्तर प्रदेश के किसान भी निकलने लगे और फिर जिस तरह से बल प्रयोग करके उठाने की मंशा सरकार की थी किसान बिरादरी है किसान में जातियाँ होती हैं बंटवारे भी बहुत हैं हमारे अंदर की कमज़ोरियाँ बहुत हैं लेकिन जब कोई संकट आता है कम से कम हम इकट्ठा हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कारण है इस आंदोलन को इतने लंबे समय चलने तक कि जन समर्थन इसे मिल रहा है और जब जब मौका मिलेगा अपनी इस नाराज़गी को कहीं ना कहीं वोट में तब्दील जनता करेगी ये तीन कानून काले कानून जिन्हें आम पब्लिक कह रही है साधारण किसान सड़क पे किसी भी किसी भी क्षेत्र में जाकर पूछ लो हम आदमी कह रहा काले कानून जुबान पे लग गई बात जो जुबान पे रट लग गई अब आप वहां लग दिल्ली में बैठ के कुछ ही कहते रहो किसान नहीं किसानी मानदेश कानून को कुछ पाड़ देंगे आप ही पीछे हट जाओ मोदी जी ये ऐसे छोड़ दो हम तो पैदा ही हुए थे। और सीधी सी बात है किस चीज का भाव चार साल से नहीं बढ़ा हो डीजल आपने 250 कितना परसेंट बढ़ गया आ, बिजली का भाव जो है जब से योगी जी आए 250 परसेंट बढ़ गया जबकि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण उत्तर प्रदेश की बिजली का कर आज सबसे ज्यादा है देश में और पूरे उत्तर भारत में सबसे हाइस्ट पर यूनिट बिजली का भाव जो सरकार ले रही है तो सरकार को पता है इन सब खाद का भाव बढ़ गया यूरिया का भाव बढ़ गया डी ए का भाव बढ़ गया तो ऐसे में अगर सरकार चैन कर रही है भाव तय कर रही है और पाँच रुपये भी नहीं बढ़ाया जा रहा इतनी कंजूसी आपने कहा कि इसको एक जन समर्थन और साथ में साथ में आपने ये भी कहा कि चाहे अंदर में बिरादरियाँ हैं किसानों में लेकिन जब संकट आता है तो लोग साथ आते हैं 2013 में कुछ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई थी एक हिंसा हुई थी जिससे कहीं ना कहीं किसान हिंदू मुसलमान में बटा था जाट मुसलमान में बटा था पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन की वजह से वो जो एक खाई पैदा हुई थी जो बड़ी बड़ी हमने महापंचायतें पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखी आप कई साल में खुद रहे हैं आपको लग रहा है कि क्या इस आंदोलन से फिर से वो एक जो फूट आई थी जो एक खाई आई थी वो कहीं भर पा रही है अब पारिवारिक जीवन में भी आप देखिए दो भाई रह रहे हैं जब एक भाई पे अगर कोई संकट है या कोई तनाव है दूसरा साथ आता है और जब वो तो साथ आता है तो पुरानी बातें भूलनी पड़ती हैं बहुत गहरी चोट लगी मैं इनकार नहीं कर रहा और हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि इतनी भयानक तस्वीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बनेगी क्योंकि यहाँ एक परम्पराएँ थीं ताना था रिश्ते थे एक दूसरे की राजनीतिक सहयोग भी सामाजिक सहयोग भी लोग किया करते थे मुजफ्फरनगर को मोहब्बत नगर कहा जाता था इस कारण से तो वो सारी चीज़ बहुत जल्दी ध्वस्त की गई और एक चाल के तहत वो हुआ किसी को कुछ मिलता तो है नहीं, दंगे जो होते हैं तो गरीब आदमी पिसता है और तरक्की रुक जाती है बदनामी हुई मैं जानता हूँ पर्सनली कितने मैंने नौजवानों से बातचीत करी बाद में कोई बेंगलोर जा रहा है आईटी सेक्टर में काम कर रहा है वो अपने बता था था मालिक को मकान मालिक को कि मैं मुज़फ्फ़रनगर से हूँ यंग आदमी उसे क्या मतलब लड़ाई से पढ़ा लिखा उसे किराए में जगह देने को भी लोग मना कर देते थे, थे कि तू मुजफ़रनगर से है मतलब झगड़ा लू हुँ। दंगाई हुँ। तो ये हमारी छाप ये हमारी पहचान कभी रही नहीं है और मैं जानता हूँ कि जब इस आंदोलन में साथ बैठ रहे हैं लोग साथ चल रहे हैं एक दूसरे का सहयोग करें तो प्रभाव तो पड़ेगा ही एक गलती तो करी अगर जीत हरा दूसरी गलती करी मुसलमान मारे तो दोस्तों ये जाट चाट तो दोनों मिलके मुसलमान से तो हम लोग कोली भरी नहीं गई जब गोली भर लोगे फिर यहाँ से जो आया चाहे बेचे कर वो तो आ चुका होगा बात पड़ने स्वच्छ मंत्र हरोख लिया आ जाओ तर हर कर एक बड़ा सवाल जैन जी कि एक तरफ़ तो यहाँ पर जो एक गन्ना क्षेत्र माना जाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई सारे ज़िले हैं और उसी के साथ साथ वहाँ पर जो एक आपदा आ रही है वो एक चीज़ है लेकिन उसके साथ साथ ये दोनों लॉकडाउन के बाद और कहीं ना कहीं नोटबंदी का भी इस पर प्रभाव रहा है बेरोज़गारी का दर ज़बरदस्त बढ़ा है अभी सी की रिपोर्ट आई है जिसके तहत ये सामने आया है कि पूरे देश में छः दशमलव नौ प्रतिशत तक बेरोज़गारी हो गई और उत्तर प्रदेश ऑब्वियसली इससे कोई अछूता नहीं रहा है मतलब अगर आप इसको अगर आज आप लोगों की सरकार आने वाले चुनाव में बनती है 22 में आप लोग इसके लिए क्या कदम लेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी संकट बेरोज़गारी बने जा रहा है पिछले साल ही अगर हम देखें तो यूपी पुलिस बोर्ड ने पाँच हज़ार के लिए एक एग्ज़ाम लिया था जिसमें चार लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट्स आए थे तो ये मिसमैच इतना क्लियरली नज़र आता है सुबह हो शाम हो गर्मी हो सर्दी हो वहाँ उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नौजवान लड़के रोज़ दौड़ते हुए नज़र आते हैं पुलिस की भर्ती के लिए और भर्तियाँ भी नहीं हो रही हैं तो क्या आगे का रास्ता आप देख रहे हैं इसमें आपने सही कहा नोटबंदी और कुछ हद तक जीएसटी और अब ये लॉकडाउन इसका सीधा प्रभाव पड़ा है छोटे व्यापारी पर छोटी दुकान चलाने वाले छोटे कारखाने चलाने वाले लोगों पर उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा एमएसएमईज़ हैं लगभग 50 लाख तक का फिगर है और उसमें बड़ी संख्या में अनऑर्गेनाइज असंगठित क्षेत्र में आते हैं तो एक तो सरकार की सोच होनी चाहिए किसी तरह वो फॉर्मलाइजेशन की तरफ आएँ एक जो ढांचा है अर्थव्यवस्था का स्थाई तो ढांचा है उस मेन में मुख्य धारा में वो आएँ और उसके लिए व्यवस्थाएँ सरकार को करनी होंगी चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि अगर सुई से लेके हवाई जहाज़ सारा उत्पाद जो है अगर बड़े लोगों के हाथ में ही रह जाएगा तो बेरोज़गारी आएगी और जो रूरल सेक्टर में एग्रीकल्चर में भी जो डिज़ाइज अनएम्प्लॉयमेंट है कि भाई मेरा परिवार है मेरा खेत है मैं उसमें लग रहा हूँ कोई गिनती नहीं कर रहा कि आप आपने पढ़ाई भी कर ली इस खेत में इस ज़मीन पर इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है अब आधुनिक खेती हो गई है लेकिन फिर भी जब कोई चारा नहीं है सब लोग उसी काम को कर रहे हैं और सरकार फिर उनको गिनती भी नहीं है तो चौधरी साहब इस बातों को कहते थे और आज ये भयानक स्थितियां हैं एम करने के बाद महंगी डिग्रीज लेने के बाद जब कोई चपरासी सरकारी चपरासी बनने को लंबी कतार में खड़ा हो जाता है नौजवान दर्द होता है और इस बीच में यूपी सरकार की अपनी भूमिका देखो मैं ये नहीं कह रहा कि पब्लिक सेक्टर ऐसा रिवाइव हो जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर को पीछे छोड़ देगा नहीं लेकिन सरकारी भर्तियां जो होती हैं कम से कम वो समय पे होनी चाहिए उसका एक प्रोसेस होना चाहिए उसमें करप्शन को हटाना चाहिए पारदर्शी तरीके से हो भेदभाव ना हो और ये तो वादे योगी जी ने किए थे सवाल यही है कि योगी जी कहते तो बढ़िया बातें हैं लखनऊ में बैठ के ज़मीन पर धरातल पर होती नहीं अभी मैं पढ़ रहा था इस बजट में भी उन्होंने कहा है कि हम हर ज़िले में युवा हब बनाएँगे अब युवा हब किसी को पता नहीं उस हब में क्या होगा कह रहे हैं ट्रेनिंग होगी ऑन्टप्रेनरशिप होगी ये सारे कैच वर्ड्स हैं जो ये यूज़ करते हैं अधिकारी ड्राफ्ट कर देते हैं पॉलिसी बन जाती है बिना किसी प्लानिंग बिना किसी योजना बिना किसी तैयारी के कितना बजट दिया इस हर ज़िले में हब बनाने का पचास करोड़ पचास पचास करोड़ टोटल टोटल पूरे यूपी के ये इन दिस बजट तो क्या पचास करोड़ में आप ऐसा कोई हब बना पाओगे जो व्यवहारिक हो जो जिसका कोई प्रभाव मिले भर्तियाँ कभी कोर्ट में अटक जाती हैं कभी जो है सरकारी विड्रॉ कर लेती है और मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ये सेंटर भी बनाए जाते हैं खूब भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रख के होनी चाहिए अब कोई मेरठ का बच्चा इम्तहान देने जा रहा है गाज़ीपुर तक उससे शुल्क भी लिया जा रहा है उससे सुविधा शुल्क भी लिया जाएगा नौकरी लेने के लिए कई उसमें दलाल होंगे बीच में और फिर नौकरी नहीं मिलेगी तो ये बड़ा प्रायोरिटी फोकस होना चाहिए खासतौर से अब क्योंकि इस लॉकडाउन का ये नतीजा निकला है पूरे देश भर में कि बड़े लोग बहुत ताकतवर हो गए हैं स्टॉक मार्केट बूम कर रहा है जूम कर रहा है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि मे मेरी तनखा कहाँ से मिलेगी मेरा काम कहाँ से दोबारा स्थापित होगा तो पूंजियाँ ख़त्म हो गई लोगों की वाइप आउट हो गए लोग स्मॉल बिजनेस वाइप आउट हो गए और इसमें टेक्नोलॉजी की तरफ लोग जा रहे हैं समाज जा रहा है अब जब सारा ई कॉमर्स पर शिफ्ट आ गया है लॉकडाउन में लोग मंगा रहे हैं सामान क्या वो वापस ग्राहक जाएगा ग्रामीण हाट में जाएगा मार्केट्स में जाएगा उन छोटी दुकानों में जाना पसंद करेगा तो एक स्किलिंग की भी ज़रूरत है उनको और कहीं ना कहीं सब्सिडाइज जो भी सेवाएं हम दे सकते हैं बिजली की बात हुई थी बिजली आप उनको दे दीजिए कुछ तो सब्सिडी दीजिए जो बार बार टैक्स वसूला जाता है बार बार कोई भी अथॉरिटी उनको जाके धमकाना शुरू कर देती है उस पे आप अंकुश लगाइए और व्यापारी ज्यादा कुछ मांगता नहीं है। अगर किसान किसान के साथ अन्याय करोगे, तो उंगली उठाएगा, ही नहीं, उनके आने वाली पीढ़ियों को किसान की हाय लगेगी हाय। ये नौजवान तो दूसरे मूड में आए हैं ये एक मेरा ये सवाल है कि एक बहुत बड़ा तबका जो मजदूरी करने शहरों में आता है आ, उसका भी पूरी तरह से रोज़गार कहीं ना कहीं थप हो चुका है कंस्ट्रक्शन सेक्टर रिवाइव नहीं हो पा रहा कंस्ट्रक्शन सेक्टर रिवाइव नहीं हो रहा है अभी भी बहुत सारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जिसके आप एम की बात कर रहे थे वो भी पूरी तरह से अब खुली नहीं है और मतलब वेजेज़ भी बहुत घटा दिए हैं जो हमारा अभी अनुभव रहा है लोगों से बात करके मज़दूरों से बात करके तो यहाँ पर क्या आप एक बेरोज़गारी भत्ता को इन्विसार्ज करते हैं कि आपको लगता है जब तक चीज़ें वापस अपने पैरों पर नहीं खड़ी होती हैं क्या एक बेरोज़गारी भत्ता मिलना चाहिए क्या शहर में भी मनरेगा जैसी कोई स्कीम होनी चाहिए शहरी मजदूरों के लिए लॉकडाउन में आपने देखा योगी सरकार लेबर लॉस को अमेंड करने पर तुली तीन साल के लिए खारिज ही कर दिए बिल्कुल जबकि उनको उल्टा विपरीत कुछ करना चाहिए था और हैंड होल्डिंग करनी चाहिए थी सहयोग करना चाहिए था और कितने कितने सौ किलोमीटर बेचारे लोग परिवार समेत बड़े बड़े शहरों से पलायन करके गाँव की तरफ लौटे थे उनके लिए भी कोई सुविधा सरकार ने नहीं दी आप ठीक कह है रहे हैं कुछ ना कुछ सिक्योरिटी नेट सेफ्टी नेट सरकार को देना चाहिए और नरेगा में मेरा अनुभव ये है कि क्योंकि बहुत से लोग अब गांव में लौटे हैं क्योंकि उन्हें गाँव में पता है हमारा घर है हमारा परिवार है और कुछ जब तक रिवाइव चीज़ें नहीं होंगी तो मैं नहीं लौटूँगा शहर में या जहाँ मेरा कारखाना जब तक बंद पड़ा है मैं यहीं रहूँगा तो ऐसे में ये ठीक है कि फूड राशन सरकार कह रही है कि हमने बढ़ा दिया है उसको अभी भी देंगे गरीब लोगों को मोदी जी घोषणा कर रहे हैं लेकिन साथ साथ नरेगा जैसी योजना को खेती से भी जोड़ने का एक एक अच्छा प्रस्ताव है हम भी काफ़ी लंबे समय से इसे सी वकालत करते हैं क्योंकि कि किसान की लागत भी कम हो जाएगी जी। और किसानों को हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरा अनुभव है क्योंकि यहाँ लेबर के रेट्स ज़्यादा हैं सरकारी रेट कम हैं तो सौ दिन का रोजगार तो किसी को मिल ही नहीं पाता तो कम से कम इस अगर इसको आप क्रियान्वित करेंगे तो उनको काम भी मिलेगा और सब्सिडाइज भी हो जाएगा खेती के जो लागत मूल्य है किसान का वो भी कम रहेगा खास करके छोटे मध्यम किसानों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हमें क्रय शक्ति बढ़ानी पड़ेगी जैन जी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है इस मुल्क में और उत्तर प्रदेश में खास करके 2019 में एक रिपोर्ट आई है नीति आयोग की तो ऐसा भी नहीं है कि ये कोई ओपोजिशन से रिपोर्ट आ रही है किसी की रिपोर्ट आ रही है दो हज़ार में नीति आयोग की रिपोर्ट आती है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं देश की सबसे ख़राब हैं और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं या सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएँ जिन्हें कहते हैं वो चरमरा चुका है पूरी तरह से और ये सबसे ज़्यादा अभी कोविड 19 के क्राइसिस में नज़र आया है जहाँ पर बहुत सारे लोग इस महामारी के दौरान बच सकते थे लेकिन मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं भी सरकार की तरफ से नहीं मिल रही हैं प्राइवेट कुछ ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं और बाकी सारा मतलब लगभग आज बोला जाता है कि झोलाछाप डॉक्टरों ने यूपी को संभाला हुआ है इसमें आप क्या आपको क्या लग रहा है क्या आपके लिए क्या ये एक चुनावी मुद्दा है कि आपके लिए एक राजनीतिक मुद्दा है क्या आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है सरकार की कहीं ना कहीं प्रायोरिटी होनी चाहिए कि गरीब से गरीब इंसान को ठीक ठाक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें एक तो पहलू है पैंडेमिक रिस्पॉन्स जी और इसमें इल्ज़ाम राज्य सरकारों पर तो लगेगा ही लेकिन ज़्यादा केंद्र सरकार का भार है क्योंकि कोई तैयारियाँ नहीं थी कोई प्लानिंग नहीं थी कम्युनिकेशन फेलियर रहा है और क्राइसिस मैनेजमेंट में बहुत बड़ा फेलियर रहा है और ऐसी चीज़ें हमने देखनी पड़ी हैं वे तस्वीरें कौन भुला पाएगा कौवे कुत्ते लाशों को नोच रहे हैं हमारी नदियाँ लहूलुहान हो गई हैं लाशों पे से आप उठा रहे हैं कपड़ों को उठाया जा रहा है क्योंकि सरकार सारा चो है दबाना चाहती है छुपाना चाहती है नीति आयोग कह रहा है 2019 में जब ये सब नहीं हुआ था उससे पहले भी पार्लियामेंट में केंद्र सरकार ने भी कहा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें कि पीएचसी नेटवर्क बेहद ख़राब है और कुछ 942 पीएचसी ऐसे उत्तर प्रदेश में हैं जो केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया है जवाब दिया है 942 पीएचसी ऐसे हैं जिसमें ना पानी है ना बिजली है ना सड़क है डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो उत्तर प्रदेश में पूरे देश के मुकाबले सबसे ख़राब बदतर तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है एच प्रॉब्लम है और इस बीच में सरकार आयुष पे ज़्यादा ध्यान दे रही है और जबकि वो निजीकरण की तरफ ही एक और मतलब साथ साथ इंश्योरेंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जबकि हमें आधारिक संरचना पर ध्यान देना चाहिए था पब्लिक से, सेक्टर हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए था हमने कहा हम इंश्योरेंस दे देंगे केंद्र सरकार की योजना आई आयुष्मान वो आयुष्मान कहाँ है हवा में तो उड़ गया सब कुछ ना ऑक्सीजन ना दवा मतलब आप अस्पताल में भी भर्ती कर रहे हैं अस्पताल वाले उल्टे जो है उनको मरीज के परिजनों को दौड़ा रहे हैं पूरे देश भर में दौड़ा आदमी इंजेक्शन के लिए ऐसा तो कभी नहीं सोचा था पिताजी का भी निधन कोरोना में हुआ है तो मैं कैसे भुला दूँ और जिस परिवार ने कुछ खोया है वो कैसे भुला दें तो दोष भी हम देना चाहते हैं इनको कमियाँ रहीं सरकार की कमियाँ रहीं और साथ साथ आगे के लिए हमें देखना है कि जो मतदाता है उत्तर प्रदेश का वो उम्मीद रखे कि अगली सरकार जो होगी और हम लोग उसमें भूमिका अपनी बनाएंगे चुनाव के पहले भी हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे सुधार लाना अपना प्लान पेश करेंगे और उम्मीद रखे जनता कि सुधार होगा मेरा मानना है कि अभी जो बजट आया उसमें लगभग उन्होंने कुछ पंद्रह सोलह हेल्थ सेक्टर का बढ़ाया है कम्पेयर टू रिवाइज एस्टिमेट कम से कम दुगना होना चाहिए बिल्कुल खास करके ऐसी स्थिति में डब्ल्यू कहता है कि अबाउट सेवन एट परसेंट तो मिनिमम जी का हेल्थ पे स्पेंड होना चाहिए तो ये एक बड़ा पहलू है नर्सेस की अवेलेबिलिटी नहीं है मेडिकल एजुकेशन सेक्टर को और बढ़ावा देने की ज़रूरत है तो मेरे लिए एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एच आर प्रॉब्लम है जी, जी. तो जो अगली सरकार होगी निश्चित तौर पे गंभीर होगी इस विषय जैन जी उत्तर प्रदेश की राजनीति वैसे तो कहीं ना कहीं पूरा देश ही इसका दोष ले सकता है लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य जहां पर राजनीति बहुत हद तक वोटिंग के दिन तक आते आते जातीय समीकरणों पर सीमित हो जाती है पिछले सालों में तो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण से भी बहुत प्रभावित हुई है और कहीं ना कहीं चाहे वो खेती के मुद्दे हों चाहे मजदूरी के मुद्दे हों चाहे सड़क पानी बिजली के मुद्दे हों चाहे स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे हों ये पीछे हट जाते हैं ये मुद्दे बनते ही नहीं हैं इसमें इतनी बड़ी एक आपदा के बाद क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कुछ बदलाव आएगा इस बार चुनाव में मुझे जहाँ भी आपने नहीं पूछा है, लेकिन ज़्यादातर पत्रकार अगर सवाल पूछते हैं तो सीधा सीधा पूछते हैं जाट हु? तो पिछले इलेक्शन में भी ऐसा हुआ कई बार मैंने जवाब दिया फिर शायद वो पचासवीं बार जब मुझसे पूछा जाट क्या करेगा तो मेरे अंदर भी थोड़ा उबाल आ गया क्योंकि मैं उस कल्चर में कभी पला बढ़ा नहीं हूँ तो मैंने भी कहा भाई जाटों का मैं कैसे जवाब दे दूं? वो मेरी कहने की मंशा थी वो भी होश आ रहे हैं वो भी समाज के साथ चलेंगे उचित फैसला लेंगे मैं मैं कौन होता हूं? उसी को उस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया जी, जी, जी, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा कुछ हद तक हुँ. तो आइडेंटिटीज़ के इर्द गिर्द राजनीति रहेगी अनफॉर्चुनेट चीज़ यही है और इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते इसके साथ हमें काम करने की ज़रूरत है चौधरी चरण सिंह जी ये किया करते थे कि उन्होंने ये फॉर्मुलेशन्स बनाए कि जो वह जाति के लोग जिनकी भागीदारी नहीं है रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा अगर आप ये कहोगे जाति है ही नहीं तो फिर तो आप कभी दोगे नहीं उनको रिप्रजेंटेशन आपको मानना पड़ेगा जातियां हैं सामाजिक व्यवस्था को समझना पड़ेगा तभी आप बदल पाओगे तो उनको पोलिटिकल रिप्रजेंटेशन देने का की कोशिश हम लोग करेंगे मैं आशावादी हूँ इशू बेस्ड पॉलिटिक्स आ, फ्यूचर है इस देश का फ्यूचर है और दूसरे डेमोक्रेसीज दूसरे देश के विकसित देशों के लोकतंत्र में आप देखते हैं वहाँ भी पर्सनैलिटी का बोलबाला है मार्केटिंग मीडिया प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन कम से कम कुछ वहाँ इश्यूज की भी चर्चा होती है इस चुनाव के साइकिल में मैं अपनी पार्टी की तरफ से बताना चाहता हूँ कि हम ऑलरेडी लोगों से बात कर रहे हैं मैनीफेस्टो पर क्यों मैनीफेस्टो एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल आखिरी वक्त पे घोषित होती है जनता का ध्यान भी नहीं जाता है चुनावी सभाओं में उसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं होता है पब्लिक तो फिर वोट कैसे देगी उन मुद्दों पर जब मुद्दे बना ही नहीं रहे हम लोग तो मैं ये कह रहा हूँ मैं कैंडिडेट बाद में दूंगा मैं चुनाव का प्रचार बाद में करूँगा मैं पहले अपने मुद्दे बताना चाहता हूँ और उसकी तैयारी में हम जुट गए हैं और हम कुछ ऐसी चीज़ें लाना चाहते हैं जो टिपिकल पोलिटिकल डिस्कशन डायलॉग में नहीं होती कुछ आप उदाहरण देंगे उसका अब जैसे फॉर वन एग्जांपल हमने गन्ने के पेमेंट की बात कही हमने बिजली की बात कही कि भाई बिजली के बिल में भी बहुत फर्जीवाड़ा होता है भ्रष्टाचार होता है और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सिस्टम है उसमें सुधार की जरूरत है कैसे होगा तो एक टेक्नोलॉजी है ब्लॉक सरकार अभी भी मिक्सड है कि इसको क्या करना है दुनिया भर में इसमें निवेश हो रहा है दुनिया भर में इसमें एक संस्थागत निवेश हो रहा है लोग इसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं गवर्नेंस में भी ये आना चाहिए और ये कैसा ऐसा इशू है जो हम इसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि अगर आप ब्लॉकचेन एक फिजिबल टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर लेते हैं तो आपका ये जो गवर्नमेंट एफिशंसी है इम्प्रूव हो जाएगी फिर इसमें चीटिंग नहीं पॉसिबल हर बिजली धारक का अपना एक अकाउंट एक डेटा वेरीफाइड डेटा आपके उसमें सिस्टम में आ जाएगा तो हेरा फेरी नहीं हो सकती सिमिलरली गन्ने का पेमेंट को सरकार फिर ट्रैक कर पाएगी तो यूज़ ऑफ ब्लॉकचेन चेन समथिंग दैट मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिकल पार्टी पूरे भारत में अभी तक किसी ने बात रखी है हम इस तरह के इश्यूज़ को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं जयंत जी आपने कहा कि भई आप आशावादी हैं और कहीं ना कहीं आइडेंटिटीज से ऊपर उठ के या बिरादरीवाद जातिवाद धर्मवाद से ऊपर उठ के कहीं ना कहीं मुद्दे बनेंगे आप खुद हथरस गए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना वहाँ पर हुई थी महिलाओं के साथ हथरस हो उन्नाव हो ऐसी बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में पिछले पाँच सालों में हुई हैं बहुत दर्दनाक घटनाएं और कहीं ना कहीं जाति बिरादरी से ऊपर उठ के महिलाओं का एक जो सुरक्षा का सवाल है आप उसके लिए गए आपके ऊपर पुलिस असल्ट भी हुआ डंडे भी पड़े वहाँ पर पार्टी को सत्ता करके योगी जी की आंखें खोलने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप क्या लेकिन उम्मीद करते हैं क्योंकि ये तो उत्तर प्रदेश के पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप से मिसिंग है कि महिलाओं के जो सवाल हैं चाहे वो महिला सुरक्षा के सवाल हों महिलाओं और महिला सुरक्षा के सवाल उठते हैं तो सांप्रदाए, सांप्रदाए किया जाता है उसका तो महिलाओं के सुरक्षा के सवाल हो महिलाओं के आ, शिक्षा का सवाल हो रोज़गार का सवाल हो स्वास्थ्य का सवाल हो महिलाओं के सवाल क्या राष्ट्र लोकदल और आप एक युवा होता हैं क्या आप इन मुद्दों को कहीं ना कहीं राष्ट्र लोकदल और जयंत चौधरी जी क्या इनको जोड़ पाएंगे आज अपने मैनिफेस्टो में और अपने अपने चुनावी प्रचार में आपने ये बिल्कुल ठीक कहा जब अपराध होता है चुनाव के पहले तो उसे एक रंग दिया जाता है और जो यूपी जी सरकार आई योगी जी ने पहला फैसला लिया कि हम एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे फ्रैंकली मुझे अटपटा लगता है क्योंकि रोमियो एंड जूलियट एक एक फेबल है प्यार के बारे में अब किसी को थिएटर की जानकारी हो इतिहास की जानकारी हो तो उसे नेगेटिव कॉनिटेशन देना वैसे ही अजीब है अजीब बिल्कुल दूसरी बात आप ये कह रहे हो कि महिलाओं के तुम तो काबिल नहीं हो तुम अपने हित को समझने में सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं हो तुम्हें ज़रूरत है संरक्षण की और वे संरक्षण कौन देंगे पुरुष प्रधान देश में पुरुष पुलिस का डंडा तुम्हें बचा सकता है नहीं माफ़ करें ये महिला सशक्तिकरण तो नहीं है बिल्कुल ये तो कहीं ना कहीं और कैद किया जा रहा है लड़कियां घर से बाहर ना निकलें लड़कियां पढ़ाई ना करें पढ़ने के बाद काम न करें जल्दी इनकी शादी करें पहले घर वालों को खाना परोसें सब आखिर में अगर जो बच्चा को चाहो खा लें वोट करने की क्या ज़रूरत है परिवार जैसा जा रहा है उसके साथ चलें राजनीति करोगी ये उसी मानसिकता का एक लक्षण है और योगी जी और बीजेपी की सरकार में आज शामिल लोग इसी मानसिकता के प्रमाण बार बार दे चुके हैं रेपिस्ट को रखना बढ़ावा देना पॉलिटिकली आ, मेरे समझ से परे हैं मैं शायद पहला राजनीतिक व्यक्ति हूँ जो ये कह चुका है कि हम कोई भी महिला के विरुद्ध कोई अपराध संगीन अपराध में इल्जाम भी लगा हो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे एंड सेकंड एस्पेक्ट ये है कि रिप्रेजेंटेशन सच्चाई ये है कि संगठन नहीं है महिलाओं के राजनीतिक क्षेत्र में जब जब मैं देखता हूँ कि हमें भी चयन करना पड़ता है मैं संगठन के लिए जिम्मेदार हूँ मैं भी ढूंढता हूँ कि भाई मेरठ में महिला संगठन में कौन अच्छी महिलाएँ हैं जो काम कर रही हैं हम कैसे जोड़ें मीटिंग्स में नहीं आती हैं सभाओं में नहीं आती हैं मैं अगर गाँव में चला जाऊँगा तो वहाँ मिलती हैं तो टैलेंट डेफिसिट भी है मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम अगले विधानसभा में टिकट दें लेकिन उसके लिए पहले ग्राउंड वर्क होना पड़ेगा उसके लिए पहले संगठन में उनको जोड़ना पड़ेगा उसके लिए पहले उनको खुद इच्छाएँ व्यक्त करनी पड़ेंगी वरना किसी की बहू किसी की बेटी यही बन वो रह जाएंगे बड़े नेता की वाइफ तो एक्चुअल महिला एम्पावरमेंट तब होगा जब खुद महिला जो फील्ड में काम कर रही हैं महिला के इश्यूज़ को उठा रही हैं उन महिलाओं को पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिप्रेजेंटेशन मिले और ये सिर्फ कोटा से नहीं होगा उसके लिए बॉटम अप समाज में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है तो ये कॉम्प्लेक्स इशू है बट जितना मैं कर सकता हूँ करूँगा बाकी हमारे यहाँ महिला विंग को हम मजबूत कर रहे हैं राज्य महिला आयोग की एक सदस्य ने अपने पद को छोड़ कर पार्टी में जिम्मेदारी ली है महिला हमारे प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं तो महिलाओं को खुद आना आगे आना पड़ेगा ये मेरा उनको संदेश जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका चलचित्र अभियान में हमारे साथ जुड़ने के लिए आ, क्या इस बार चल उत्तर प्रदेश के चुनाव में जातीय समीकरणों से भी आगे बहुत सारे अहम हिस्से क्या इस बार इस चुनाव का हिस्सा बन पाएंगे क्या इस बार हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के क्या खेती के सवाल किसानों के सवाल मजदूरी के सवाल स्वास्थ्य शिक्षा और बिजली सड़क पानी के सवाल इस बार चुनावी मुद्दे बन पाएंगे ये उत्तर प्रदेश का चुनाव शायद बहुत ही करीबी से देखने वाले है पूरा मुल्क इससे बहुत कुछ आगे की राजनीति में भी निर्भर होगा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवा नेता एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता जैंत चौधरी जी आज हमारे साथ जुड़े थे आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि आने वाले महीनों में जब तक चुनाव आएंगे इसी तरह के मुद्दे हम आपके सामने बार बार लाते रहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया